तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे लोग हंसेंगे तुम पे मजा छोड़ाएंगे तुम्हारा लेकिन एक बात याद रखना ये जग जिस जिस पे हंसा है इतिहास उसी ने रचा है